चार्यवर जाटावास दास जी महाराज रामैया राम जी महाराज और जो संचालन कर रहे हैं वो तो अपने आप में स्वयं ही सीताराम है और अभी आपको बहुत प्यारा भजन जिन्होंने सुनाया सुखदेव जी महाराज बहुत एक हृदय को छूने वाला और ध्यान दीजिएगा जो दिल को छू जाए तो आनंद आता है और हम सब आनंद लेने ही तो आए हैं ये आनंद जो यहाँ मिलता है जो आनंद जो सत्संग में मिलता है जो आनंद भजन में मिलता है जो आनंद परमात्मा की बंदगी में मिलता है वो आनंद संसार की गंदगी में नहीं मिलता है तो आए हुए आप सभी भगवतजनों को मंचस्टर जितने भी विद्वत संत महापुरुष बैठे हैं जिनको जिनका नाम तो मैं सब तरह नहीं जानता हूँ लेकिन फिर भी हृदय से उन सबको मैं वंदन प्रणाम करते हुए आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ बात से बोलो बोलो राम मेरे भाई बहन हमारा दातड़ा दा दा दा दा बहुत दूर पड़ता है जितना बोलने, बोलने से थकान नहीं आती उतना आने में थकान आती है लेकिन फिर भी, भी, साल, भी, भी, भी, भी। साल, साल में एक, एक बार तो, तो उमाराम, उमाराम जी महाराज की ऐसे कृपा है कि आप सबका भी दर्शन होता है और इस धाम का भी दर्शन हो जाता है मेरे भाई बहन जीवन में आनंद लेना है तुम एक बात निवेदन करो अपने जीवन के स्वभाव को बदल डालो। सत्संग करते हो और सत्संग के बाद स्वभाव में बदले तो फिर आनंद नहीं आता है हम, हम सब बदल देते है है हैं है हम, हम, हम कम खा ले लेते ले हैं हम है? कम भी लेते हैं लेकिन किन गम नहीं खाते हैं गम ही तो नहीं खाते और गम नहीं खाते इसलिए हमारा स्वभाव नहीं बदलता और बंदगी के लिए तो स्वभाव कैसा होना चाहिए बंदगी के लिए स्वभाव गरीब होना चाहिए मैं जिस गरीबी की बात कर रहा हूं ध्यान दे रहा हूं वैसे, वैसे तो मेरा राष्ट्र समृद्ध होना चाहिए मेरे देश में, देश में कोई, कोई गरीब न हो, हो。सबके सब सब पास संतति हो सबके पास संपत्ति हो सबके पास अर्थ हो मैं उसके लिए नहीं गया मेरी गरीबी का मतलब है अध्यात्म की गरीबी अध्यात्म की गरीबी। हम हम्म में गरीबी नहीं, नहीं। है हैं। हमारा स्वभाव सरल नहीं है और जब तक जीवन में गरीबी नहीं आएगी नहीं, हम भजन नहीं कर पाएंगे। पाएगा टुकड़ा एक एक कागज का टुकड़ा हवा के झोंके से उड़कर के पर्वत के शिखर पर चला गया ध्यान देना कागज का टुकड़ा तो हवा के झोंके से उड़कर के शिखर पर्वत के शिखर पर चला गया तो पर्वतराज पर्वत ने पूछा महाशय कैसे आना हुआ तो उस कागज के टुकड़े ने कहा मेरे दम से आया उस कागज के टुकड़े ने कहा मेरे दम से आया अच्छा उसी, उसी समय, समय फिर झोंका आया तो हाँ, हाँ, हाँ, सीकर से थे, थे, नाली, नाली के पानी में गिर, गिर गया, गया और वो कागज गल गया, गया सड़ गया वो, वो, वो कागज कोई और नहीं है वो कागज हम हैं वो कागज कोई और नहीं है हम हैं किस बात का मद करते हो किस बात का अभिमान करते हो किस बात का दम करते हो छोटी छोटी बात पर आदमी मुझो पर छोटी छोटी बात पर व्यक्ति बाहें चढ़ाता है छोटी छोटी बात पर व्यक्ति सीना ताटता है आखिर किसके लिए बीच की दौड़ केवल वृक्ष तक होती है नदी, नदी की दौड़ केवल सागर तक होती है और इस जीव जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, की इस जीव की दौड़ केवल परमात्मा तक होती है इस जील की दौड़ केवल और केवल परमात्मा तक है इसके आगे आग कुछ रही तो, रही तो, नहीं किस तो किस बात का विमान उस कृपालु की कृपा को जानना है मैं निवेदन करूं कि परमात्मा की गरीब रिवाजगी को जानना है क्योंकि परमात्मा सरल है परमात्मा सबल है परमात्मा साहिब है परमात्मा रघुराज है और मेरा परमात्मा गरीब निवाज है सरल है, है सबल है साहिब है, है, है, है रघुराज है।, है और, और गरीब, गरीब निवाज है, है। तो उस, उस गरीब निवाज की करुणा को पाना है तो गरीब होना पड़ेगा अध्यात्म अध्यात्म से, की दृष्टि से गरीब होना और गरीब का मतलब क्या एक लड़की की सगाई करने के लिए कुछ लोग आए मेहमान आए तो लड़के ने देखा कि मैं गरीब हो जाऊ तो मेरी सगाई हो जाएगा मेहमान आने वाले तो उसने, उसने क्या किया वो पलंग के नीचे बैठ गया पलंग के नीचे बैठना गरीबी नहीं है मेहमान आए उन्हें पलंग पर बैठाओ लेकिन श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ जाना ये गरीबी का प्रतीक हो सकता है लेकिन स्वभाव की गरीबी नहीं हो सकती स्वभाव, स्वभाव की गरीबी उस करुणा में नẫ... की करुणा ना... को पाना है जान देना ना... उस करुणा में की करुणा, की करुणा को पाना ना... है तो स्वभाव ना... में गरीबी होना, होना चाहिए मैं देखता हूँ कि लोग वजन तो करते हैं लेकिन तकरार बहुत करते हैं और जो ज्यादा वजन करता है ना, ना वो ही ज्यादा क्रोध करता है।, है कभी कभी आप देखना जिस घर में किसी की एकादशी का व्रत हो उपवास करता है तो वो ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और लोग घर के लोगों से कहता तुम्हें नहीं पता आज मेरे एकादशी का व्रत है हमने कहा एकादशी का हमने, हमने तो तो तो तो तो एकादशी तो के लिए मैं मना तो नहीं नहीं करता लेकिन, लेकिन किसी तो पर, पर क्रोध करो तो, तो वो वो कभी सार्थक नहीं होती मेरे भाई बहन परमात्मा कैसा है करुणामय है करुणामय है ध्यान देना एक छोटा सा बालक एक छोटा सा बालक घर में सो रहा था और, और माँ ने देखा, देखा कि बच्चा, बच्चा सो रहा है ए, ए, तो पानी, पानी, पानी का मटका उठाया और पनघट पर पानी, पानी लेने चली गई पानी लेने गई और पीछे से बालक जाग गया बालक जागा और जैसे ही जागा कहो देखा कि शायद माँ मटका लेकर के पानी लेने गई है थोड़ा थोड़ा आज मेरा स्वास्थ्य अनुकूल, अनुकूल नहीं है क्योंकि मैं जो बोलता, जो बोलता हूं तो थोड़ा लगता, लगता आए, है आए, क्योंकि आए, कुछ दिनों से, दिनों से निरंतर आयोजन भी पीछे अच्छे गया कि माँ पंगट पर गई है तो जाकर के देखा कि माँ पंगट से मटका भर के सर पर रख के वापस आ रही थी और बालक ने मां को देख लिया बालक, बालक मां, मां के, के पास गया धूप थी और धूप में नंगे पांव चलते चलते बालक के पांव जलने लगे ले, ले, ले। मां के पास में गया तो बालक गुस्से में आ गया और कहा कि तू पानी लेने आई तो मुझे क्यों लेकर के नहीं आई तो माँ ने की पर सर पर, पर सर पानी का झुक झुक नहीं नहीं सकती सकती मैं जो कह, कह रहा हूं, कह देना तो अपना एक हाथ नीचे किया जब माने हाथ नीचे किया तो बालक का ये होना भाव होना चाहिए कि मैं मेरी माँ का अपना हाथ ऊपर करके पकड़ू लेकिन, लेकिन नहीं, नहीं, नहीं मन में गुस्सा था हाथ खड़ा नहीं किया और जमीन पर लेटने ले लगा ले ले, तो जमीन की तपन पूरे शरीर के अंदर चुभने लगे और तेज चुभने लगा यदि बालक अपना हाथ ऊपर कर लेता तो, तो माशाही उसका हाथ पकड़ के उसको तो गोद में ले लेती ले लेकिन, लेकिन बालक ने हाथ ऊपर नहीं किया मेरे भाई बहन पुत्र पुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी को माता नहीं हो सकती। पुत्र हो सकता है, लेकिन माँ मां नहीं होती ने तो हाथ किया। ये ये हाथ नीचे लेकिन बालक अपना बढ़ाता ही नहीं ये, ये, ये बालक और कोई तो तो नहीं ये, ये जीव है वो परमात्मा तो 24 घंटे अपने दोनों हाथ नीचे करके रखता है लेकिन ये अभागा जीव ही तो दोनों हाथ ऊपर नहीं उठाता क्यों नहीं उठाता क्योंकि मद में चेता है अभिमान में चेता है और बड़े बदन में चेता है इसलिए वो यदि हाथ खड़ा कर दे तो वो परमात्मा उसका हाथ पकड़ करके गोदी में बिठा ले। लेकिन ये तो उसकी करुणा को समझता ही नहीं समझता ही नहीं वो कितना कृपालु है ध्यान देना गोस्वामी जी महाराज दुहावली में कहता है कि उसकी कृपा देखे कि मणिमानिक महंगोकियो सहजेतन चलना तुलसी एते जाननी मेरो राम गरीब निवा मणिमानिक महंगो कि सहजे किए तुलसी एते जानिए मेरो राम गरीब निवार गोस्वामी जी महाराज गोहावली में कहते हैं और वही बात सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि पवन पानी ससो और सहजे की अनजल से जानिए मेरो राम गरीब निवास परमात्मा जिसके बिना जीवन चल सकता है किसी के पास मणि ना हो किसी के पास माणक न हो किसी के पास सोना न हो किसी के पास चांदी न हो तो क्या वो मर जाएगा बोलो मणि मानक का हीरे मोती, मोती, मोती न हो तो भी जी सकता है लेकिन हाँ जिसके पास होता है ना शायद उसकी चैन की नींद चली जाती है धन देना देना जिसके पास नहीं है वो मर नहीं सकता लेकिन जिसके पास है उसकी चैन की नींद चली जाती है क्यों संभाल के रखना पड़ता है तो मणि मानक सस्तों क्यों महंगा क्यों मणि को महंगा कर दिया, दिया, दिया, दिया। माणक को महंगा कर दिया क्या इसके बिना, बिना जीवन, नहीं जीवन नहीं चल सकता नहीं चल, चल सकता लेकिन एक एक जो चीज महंगी होनी चाहिए, चाहिए उसको परमात्मा ने सरल कर दिया जल को परमात्मा ने सहज कर दिया तन को परमात्मा ने सहज कर दिया यदि अन्न नहीं होता तो जीवन नहीं चल सकता जल नहीं होता तो जीवन नहीं चल सकता तण न हो तो पशु पक्षियों का जीवन नहीं चल सकता ध्यान देना हमारे इस भारतीय संस्कृति में नहीं। नहीं। पहले अन्न का विक्रय नहीं होता था लोग कभी अन्न नहीं बेचते थे अन्न को ब्रह्म माना गया है जान देना और आज भी जहाँ अन्न क्षेत्र होता है वहां उस भोजन के लिए हम पैसा नहीं देते अन्य क्षेत्र में जो भोजन करते उसका पैसा नहीं देते तो पुराने जमाने में अन्न नहीं बेचा जाता जल नहीं बेचा जाता कण नहीं बेचा जाता जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता उसको परमात्मा ने बहुत सस्ता कर दिया हाँ, हाँ एक, एक विनिमय है, है कि है, पहले के जमाने में कुछ लोग लो, कुछ लो, खरीदते तो अन्न को दे करके खरीद लेते थे लेकिन अन्न कभी नहीं थे ऐसे ही हमारी संस्कृति में तीन चीजें हैं जो कभी विक्रय नहीं होती पहला कन्या का विक्रय कभी कन्या बेटी बेची नहीं जाती आज तो समय के अनुसार सब होता है अन्न का विक्रय नहीं होता था और तीसरा जो है विद्या का कभी विक्रय नहीं होता था विद्या कभी बेची नहीं जाती थी आज तो कॉलेज स्कूल सब अंदर विद्या गया, एक uh, धंधा हो गया, हो कि बिज़नेस तो पहले बेची नहीं जाती मेरे भाई उस गरीब निवाज की गरीबी को जानना है तो उसके लिए व्यक्ति का स्वभाव सरल होना चाहिए सरल होना चाहिए बड़े बड़े विषयों को देखिए तपस्वी तो थे लेकिन स्वभाव लेकिन स्वभाव से से सरल सरल नहीं नहीं नहीं थे नांदे नांदे ना ना ना ना ना ना थे थे थे थे थे तपस्वी तो लेकिन लेकिन मैं बात कहना महाराज गरीब बहुत अमीर विरक्त भी और अयोध्या अयोध्या फिर भी गरीब थे दोनों बातों पर जिनको पूछा गया कि आप अपना नाम परशुराम क्यों रखते हो तो उन्होंने कहा कि मुझे पास फरसा लेकिन उनको पता है की यदि मैं धनुष रखूंगा तो मेरे तुलसीदास जैसे जो संत है वो डरने जाया जाए भगवान की करुणा और फास्ट... मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय भगवान लंका पर विजय करके अयोध्या पहुंचे और जब, जब भगवान को राज तिलक हुआ और भगवान राज तिलक होने के बाद जब सिंग पर बैठने गए तो उन्हें बहुत सुंदर उपहार पहनाए बहुत सुंदर आभूषण पहनाए वैसे तो परमात्मा को कुछ पहनने पहनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो स्वयं सुंदर है स्वयं सुंदर है वो कहते ना कि सादगी श्रृंगार हो गई श्रृंगार हो गई उसको कोई जरूरत नहीं है, है, है, है तो भगवान को जब मुकुट लगाया दान देना और मुकुट लगाने के बाद जब जानक जी आए तो भगवान से पूछा प्रभु आप तैयार है भगवान राम ने कहा एक बोले क्या जरा दर्पण में अपना मुंह देखे गए दर्पण में, में, में, में, में मुंह देख और स्वाभाविक होता है जिसको राजगद्दी पर बैठना होता है।, है, है उसको थोड़ा चेहरा ठीक करना होता है मुकुट मुकुटेला हो तो उसको भी ठीक करना होता है क्योंकि वही दर्पण है जिसको देख करके दशरथ हो गया उसीपण को रासन्न थे एकदम चेहरे पर उदासी आ गई तो जानकारी ने पूछा आप उदासी क्यों हो गए तो उसकी करुणा देखिए राम कहते हैं की उदासी इसीलिए आ गया मेरी जो, जो आंदरता की है ना भी ना, थोड़ी प्रतीक थोड़ी है. है। लिखा लिखा है, है। होती है और क्रोध की भी प्रतीक होती है उसमें दोनों अच्छा छिख माता ने कभी कभी बना बना चंद्रमा की जिसको को है है तो आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, है है है आंखें की जो होती तो तो सुंदर सुंदर का है, है। और खोर्द और खोर्द का प्रतीक प्रतीक भी भी और क्रोध कि प्रभु ये इससे लग रहे हो बोले नहीं यदि मेरा भक्त देख लेगा तो समझेगा कि कहीं मेरा ठाकुर क्रोध में तो नहीं है परमात्मा क्रोध में तो नहीं है कितनी बड़ी करुणा है लेकिन परशुराम में, में करुणा नहीं थी क्योंकि उनकी डिक्शनरी में कृपा था ही नहीं कहीं नहीं लिए, लिए। मैं तो इतना कहना चाहू की परशुराम में तो क्या परशुराम के पूरे में भी कहीं करुणा नहीं थी उनके पूरे गुनबे में करुणा नहीं आप जमदग्नि का नाम जानते हो जो परशुराम के पिता थे। था, था। माता नाम था रेणुका, और एक बार रेणुका ज़्यादा विस्तार से नहीं थोड़ा कि मैं मेरे लिए जल लेकर के आओ तो रेणुका सरोवर पर जल लेने गई और जल का मटका भर के वापस आने लगी उसी समय सरोवर में कुछ गंधर्वों को जल गगड़ा करते हुए देखा और देखा तो थोड़ी देर देर देर रेणुका जी रुक है और रुक तो तो आने में विलंब हुआ ने पूछा विलंब से क्यों आई तो रेणुका ने कह दिया कि महाराज यदि आप अपराध कहें तो अपराध सही मैंने जन्म तो भर लिया था लेकिन वहां गंधर्व जल झगड़ा कर रहे थे इसलिए थोड़ी देर मैंने देख लिया मैंने मन से और अपराध दिया है आप चाहे सजा लेकिन, लेकिन, लेकिन आ, पुराने जमानों में दंड का भी एक विधान था कि छोटे से छोटे दंड का भी अपराध का भी दंड दिया जाता है आज तो आज तो जगत जगह बहुत भ्रष्टाचार है उसमें नहीं जाऊंगा जो अपराध नहीं करता है उसको जेल में डाल दिया जाता और जो अपराधी है वो बाहर घूमता वो खुला बाहर घूमता है कैसा कैसा में समझ नहीं आता तो जमज ने कहा कि तुमने, तुमने अपमान अप्मार किया है अपराध किया है तुम्हें सजा मिलेगी और देखिए ऐसा विधान था, था कि जो मन से, से अपराध किया जाता था उसका भी दंड दिया जाता था जो मन, मन से किया जाता, आ, उसका दंड दिया जाता, तो ने अपने सबसे सब सब बड़े सब बेटे को बुलाया और, और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ का सर सरसा डालो। तो बड़े बेटे ने कहा पिताजी, आप चाहो तो घर से निकाल दो आप चाहो तो गांव से निकाल दो लेकिन माँ की हत्या में कैसे करूँगा मा मैं माँ की हत्या मा नहीं कर सकता, नहीं सकता। तब जमदंगनी ने दूसरे से बेटे, से बेटे को बुलाया और दूसरे और और और से, से कहा कि तुम्हारी माँ ने अपराध किया है इसलिए उसका सर काट डालो और तुम्हारे बड़े भाई ने मेरी आज्ञा नहीं मानी इसलिए तुम्हारे बड़े भाई का भी सर काट काटाला तो दूसरे नंबर के बेटे ने मना किया मना, कि नहीं, नहीं, नहीं मैं ये अपराध या नहीं, नहीं कर सकता तीसरे ने मना किया लेकिन सबसे छोटे परशुराम को तो परशुराम तैयार हो गए। चमदी ने कहा कि बेटा अपनी माँ का सर काट डालो तो जब परशुराम जी ने अपनी माँ का सरकार डाला अपने भाइयों का सरकार डालो भाई तो भाइयों तो का सरकार डाला तो जमजग बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के परशुराम जो चाहिए मैं मैं दे दूंगा क्योंकि आज बहुत प्रसन्न तो परशुराम जी ने कहा कि मुझे दो वरदान चाहिए अब देना चाहते हैं दो वरदान दीजिए बोले क्या बोले बोले अहला वरदान आई माँ को और मेरे भाई भाई फिर से जिंदा करता मेरी, माँ, मेरी माँ, माँ को और मेरे भाइयों को फिर से जिंदा कर दो ध्यान देना, देना ये, ये जो वासना सुख, सुख और दुख ओ, ओ, ओ, ओ, हर, हर जीव के अंदर होती है और परशुराम ने भी कहीं ना कहीं वो करुणा छिपी थी बात जान देना आप सत्संग करते हो ऐसा कोई, कोई जीव नहीं है जिसके अंदर वासना नहीं, नहीं है कोई नहीं है सबके अंदर वासना है थोड़ी-थोड़ी कम मात्रा में भी हो लेकिन वासना तो है ही वासना का बीज तो है ही वो तो ठीक है कि वारिस यदि हो जाए तो वो वासना का बीज प्रकट हो जाता है, लेकिन, लेकिन कब, जब कुसंग की बारिश की बारिश बारिश हो हो, और और की बारिश हो और हो, यदि तो वो वासना, वासना का बीज निर्मूल जाता है, है। बाकी बिना के कोई नहीं मन में भी कहीं न कहीं ये बीज छुपा था और मंत्रा ने बारिश का का काम किया और परिणाम क्या हुआ राम को चौदह वर्ष का वनवास हुआ मेरे बेहद तो परशुराम जी नहीं कहा पहला वरदान कौन सा मेरी माँ को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो और दूसरा वरदान उन्होंने बहुत अच्छा मांगा मानो आकाश में बिजली कौन जाए? बारिश, बारिश का समय, समय हो, हो तब जब बादल टकराते हैं और जब बिजली बिजली कड़कार गूंसती है तब देखने, देखने वाला दृश्य होता है तो जो दूसरा वरदान मांगा उस समय मानो बिजली गई हो कौन सा वरदान बोले पिताजी इनके मन में कभी ये न रहे कि मैंने कभी इनको मारा था इनके मन में कभी ये न रहे कि मैंने कभी भी इन्हें मारा था ये तो तो एक दंड का अपराध का दंड का, का एक विधान था वो तो बात आई इसलिए मैं कह रहा हूं इतना इतना है। है यदि उस परमात्मा की गरीब निवासी को जानना है उसकी सबलता को जानना है जानना है वो रघुराज है ये जानना है तो आपको अपने स्वभाव में गरीबी लानी होगी किस बात कर देन किसत किस्मत किस का जमेला लेकिन आज मैं जगह जगह देखता हूँ मत बुलाऊंगा वो बुलाऊंगा तो मैं नहीं आऊंगा उसको नीचे बिठाओ मैं ऊपर बैठूंगा वो ऊपर बैठेगा तो मैं नहीं बैठूंगा यही तो झगड़ा है नहीं, नहीं, नहीं उस ठाकुर की, की बंदगी को, को करने को के लिए स्वभाव, स्वभाव को बदलना, बदलना होगा और जब, जब, जब तक, तक स्वभाव नहीं बदलेगा गरीबी जीवन में नहीं आएगी इसलिए कहते हैं ना मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं मंदिर में जाते हो सत्संग में जाते हो बड़े बड़े स्थानों पर जाते हो लेकिन कितनी गंदगी भर के जाते हो और वो गंदगी आपको बंदगी नहीं करने करना चाहिए ये सत्संग क्यों है ये सत्संग क्यों है जीवन विकारों को मिटाने के लिए और जब जब विकार, तक विकार नहीं निए निए निए। उस परमात्मा की करुणा कोई पहचान नहीं पाएगा, हजारों दूर चला जाएगा, दूर जाएगा। वरना वो परमात्मा 24 घंटे हमारे चारों ओर घूमता रहता है वो तो ठीक है हमने ही रेनकोट पहन रखा है क्योंकि बारिश तो सब जगह होती है लेकिन जो छाता लगाता है वो भीगता नहीं मारता ध्यान देना हमने, हमने तो, तो रेनकोट रे पहन रखा है बारिश हो रही है।, है। हो रही है करुणा हो रही है लेकिन हम, हम, हम, हम अपने अभिमान में जी रहे हैं अपने मद में जी रहे हैं आखिर क्या जीना साहब जिंदगी तो कागज के टुकड़ाई तो है जिंदगी तो कागज का टुकड़ा है, है एक हवा का झोंका आया यहाँ तो पहुंच गया और, और दूसरा झोंका आया तो गडर, गडर में पहुंच गया, गया, गया आखिर, आखिर तुम तो किस टुकड़े को भी, भी एक न एक दिन तो गलना है एक न एक दिन तो सड़ना है ये जल जाएगा गल जाएगा क्यों अभिमान करते हो करते हो, हो क्यों आवदन में फूलते हो जीवन के स्वभाव को सुधारो और उस, उस परमात्मा की करुणा को करूना करूना गरीब निवाज को पाना है तो मैं फिर निवेदन की गुरु जीवन में होना चाहिए जब तक गरीब नहीं होगी उस गरीब निवाज की करुणा को कोई पहचान नहीं पाएगा कोई नहीं पहचान पाएगा तो मैं अपने इन्हीं को विराम और विराम देते हुए आप सब पुनः हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करते हुए बैठे हुए सभी महापुरुषों को हृदय से, से प्रणाम करते हुए मैं अपनी को विराम दूं भाव से बोलेगा बोलिए स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज की जय बोलिए सदगुरु भगवान की जय बोलो बहुत बढ़िया देखो, देखो आज कितना आनंद आया, आया, आया, आया बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आचार्य चरण के सुनी, पद कितना कितना भी भी बड़ा बड़ा हो, हो, पीठ उसके अंदर अहंकार और अभिमान होगा तो उस पीठ की आत्मा के लिए कोई महत्वता महत्व माँ भाव लिखा ज्ञान गरीबी गुरु धर्म ज्ञान के अंदर गरीबी होनी कैसे ज्ञान की, की रजनी आर्थिक गरीबी नहीं ज्ञान गरीब ज्ञानी और गुरु धर्म गुरु धर्म के अंदर निष्ठा रहेगी अपना गुरु द्वारा कहाँ है अपना कहाँ से हमारी मजबूती हुई है ये संप्रदाय कहा से चलती आ रही है उसका अपन-पन-पन गुरु तरफ की ध्यान नहीं देंगे तो वो मामला ज्ञान गरीबी गुरु धर्म नरम वतन निर्दोष संतोष तो जग में कोई नहीं, नहीं। सब सेना को केवल चरण निभाऊ ये माँ पारों का वाक्य है माँ ने ये धर्म वंश संप्रदाय चलने के लिए उन्होंने ये जगह जगह पर उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा तो हम सभी हरिभक्त जितने भी जो बिराज हैं सभी आपके चरणों के कोटि कोटि कोटि कोटि कोटि कोटि